जाति की कल्याण के लिए हमेशा उनका कार्य शुरू रहता है, है अपने साथ अपने सत्संगी अपने भक्त इनके जीवन में बदलाव आए इनके परिवार में खुशहाली आए सुख समृद्धि आए ऐसी कोशिश हमेशा संतों की होती है इसीलिए तो हजारों लाखों की तादाद में लोग ऐसे समागम में जुड़ते हैं और उपस्थित रहते हैं। इस साल भारत में जैसे जी ट्वेंटी परिषद का अध्यक्षता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक मौका मिला है हमारे देश को जी ट्वेंटी की अध्यक्षता पाने की और उनका भी घोष वाक्य है वसुदेव कुटुंबकम और संतों ने अपने साहित्य के माध्यम से विश्व के कल्याण के लिए भगवान और गुरुओं से प्रार्थना की है वसुदेव कुटुंबकम यह भी अपने आप में बड़ी बात है निरंकारी मिशन के माध्यम से ऐसे महाराष्ट्र में छप्पन ये छप्पनवा समागम है और इस समागम के साथ कई अच्छे कार्य सामाजिक काम भी इस मिशन के से हो रहे हैं जैसे कोविड में भी देखा कई कोविड सेंटर इस निरंकारी मिशन के माध्यम से खड़े हुए थे हजारों लाखों लोगों को उसके माध्यम से एक उनको सहयोग करना उनकी जान बचाना उनको कोविड से बाहर निकालना ये भी काम निरंकारी मिशन के माध्यम से हुआ है मैं अभी महाड़ और चिपलून में जब बाढ़ आई थी तभी भी मैंने अपने संत निरंकारी मिशन के सभी लोग वहां पर मौजूद थे और वहां सेवा दे रहे थे बाढ़ में और मेरे जानकारी से 26 फरवरी में पूरे देश में हजार ऐसे स्थान है वहाँ पर स्वच्छता अभियान भी आप लोग चलाने वाले हैं और मानवता के लिए जो शुभ कार्य बाबा जी ने शुरू किया वह सतगुरु माता सुधीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता उसे आगे ले जा रहे हैं यह भी अपने आप में बड़ी बात है येपन मोटी गोष्ट है कि बाबा जी ने जे कार्य शुरू के लिए अपन पूरे शुरू ठेविल उनके समागम में भी मैं उनके दर्शन के लिए गया था और कई बार जैसे हमारा इनके साथ ये संत निरंकारी मिशन के साथ एक पारिवारिक रिश्ता है एक पारिवारिक परिवार के जैसा एक कुटुंब जैसा रिश्ता हमेशा रहा है और मैं यही कहूंगा कि ये मिशन के सेवादार निष्काम भाव से सेवा करते हैं कुछ मिलेगा ये भावना उनके दिल में नहीं रहती है देने की भावना रहती है योगदान देने का काम ये सब हमारे भावक जो है ये सेवादार पूरी उनका हर समय कोई भी आपदा आती है तो योगदान हमेशा दिखाई पड़ता है यह भी अपने आप में बड़ी बात है और हम लोग भी ऐसे ही हमारी सरकार में लोगों के लिए जितना भी अच्छा निर्णय लेना है वो लेने की कोशिश करते हैं और आप सभी लोगों के संतों का आशीर्वाद प्रेरणा ये भी हमारे लिए हमारे को हमारे कार्य को प्रेरणा देने के लिए बहुत ही जरूरी होती है और इसलिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपका महाराष्ट्र की धरती पर फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारे मुझे पता अभी तो मैं छः महीने पहले मुख्यमंत्री बन गया लेकिन जब मैं विधायक था तो थाने शहर में जो मेरा चुनाव क्षेत्र है ये निरंकारी संत निरंकारी मिशन के बहुत लोग हैं वहाँ पर मुझे हमेशा मिलते रहते वहाँ पर और कई कार्यक्रम में मैं अवश्य जाता रहता था अभी तो महाराष्ट्र में आपने इतना बड़ा सत्संग इतना बड़ा समागम यहाँ पर आयोजित किया है और ये देखिए इतनी बड़ी संख्या में आने के बावजूद भी एक अनुशासन यहाँ दिखाई पड़ता है फिर एक बार आपका ऐसा ही भव्य ऐसा विशाल समागम महाराष्ट्र में हो जाए तब भी हम लोग फिर मिलेंगे धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र प्रेमा ने बोला धन निरंकार जी प्यार से बोलो निरंकार जी